हेलो गाइस तो आज हम लोग खेलने वाले हैं और हमारे स्टार्ट होते साथ ही यहाँ पे इतने बड़े बड़े विलन आ चुके हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा गोड ऑफ वार के सीरीज को तो ये हमारी ग्राफिक तो जबरदस्त लग रही है देखने में विलन तो यार कुछ ही मत इतने बड़े बड़े विलन है इतने सारे विलन है यार अच्छा ये लेडीज विलन भी है पत्थर वाली भी ले। मैं। पत्थर वाली, ओ और आ गए हमारे हीरोज फाइव हीरोज नागिन वाला बाबा जलता हुआ मुंडन और धड़ियल बाबा के साथ हमारा हल्क जैसा जबरदस्त और ये क्या है अच्छा ये सवारी आने वाला है हमारा हमने एंट्री मार दिया है ये दूसरे भाई ने भी मार दिया है दीवार में दौड़ते हुए और ये उसने भी एंट्री मार दिया है क्या है पता नहीं कांटा के साथ तो रेल बाबा ने सारा दे दिया और हमारे विलन सब भी स्टार्ट हो चुके हैं मार करने के लिए उतर गए हैं ओ भाई साहब क्या ग्राफिक है यार ई एस पाइप का तो मतलब लेवल है अलग है चलो विलन सब को ललकार रहा है स्टार्ट करते हैं आ गया विलन साहब और को एक ही बार में ख़त्म कर देते एक बार और इससे कबा दो मचा दो तब आ गया सब एक बार में ख़त्म एक मिनट कुछ मिल रहा है अरे तो यार ये आ गया पहाड़ वाला अरे अरे यार पत्थर मार रहा है सीरियसली इतना बड़ा पत्थर मार रहा है इसका सटक गया सीरियसली सटक गया और इसको तो नहीं छोड़ने वाला ओ ओ तेरी तेरी भाई साहब मार मार दिया दिया यार एक ही में के अंदर गोल गोल क्या घूम रहा टोर्डो आगे लगता है ओ भाई साहब ये क्या है हमारा हीरो भी देख रहे है क्या हो रहा है ओ, ओ. चाची का हाथ में आग लग गया है पहाड़ वाली चाची पा रही बेचारी आग बुझा को दो कोई इसका खुदे बुझा ले रही है चलो कोई नहीं हिम्मत ना हारो आंटी और भाई साहब फिर इतने सारे हैं कोई बात नहीं सबको एक बार नहीं बता देने का के जाते हैं किधर जाना है और फिर से आगे पीछे से मार कर पीछे से इसको तो फाड़ के रख देंगे इसको तो फाड़ के रख देंगे सीरियसली इसको फाड़ के रख देने का किसी को नहीं छोड़ने का आट के रख देंगे तबाही मचा के रख देंगे पार नहीं जा सकते इसमें से चार वन दुकान है ठीक है और दिल उठ जा उठ जा उठ जा वन मोर ट्राई उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा यार कितना भारी है उठ उठ, उठ उठा के फेंक इसको उठा उठा, उठा उठा उठा होगा होगा होगा होगा उठा के फेंक चल उड़िया गया बस चलो आगे निकलो निकलो निकलो अच्छा दो विलेन आ गए मैं खड़ा है कोई बात नहीं उसको भी निपटा देने के लिए वो यार ओ क्या चल रहा है साथ में अच्छा चाची जी, जी चल रही है पहाड़ वाली ठीक है कोई बात नहीं निकलो ओ भाई साहब नाम ओ भाई क्या है यार घोड़ा घोड़ा है केकड़ा है क्या है ये कोई बात नहीं तो मार के ही दम लगे बिना मारे तो भाई आगे जा नहीं सकते कोई तो बात नहीं कोई बात नहीं हिसाब होगा ते यार बड़ी ताकत वाली इसको मारे कैसे इसका हाथ से निकला हुआ है और चाची को दर्द दे रहा है कोई उल्टा कर दिया हाथ कोई नहीं इसमें भी मारेंगे इसको अरे यार हमला कर दिया मार सीरियसली क्या है ने घोड़ में घोड़ आया छोड़ने गए भाई साफ जान लेगी ले हिम्मत नहीं हारना बेटा मार मारते रहे मारते रहे मारते रहे मारते रहे, मार रहे। तो छोड़ना ही नहीं है मार के दम लेने के। मर मर अरे यार इतना टाइम लगाएगा मर मर मर मार मारी मार, मार, हाँ अब मरेंगे हमारा अब तो मारा पक्का जबड़ ही काट देंगे आठ के अलग कर दे आठ के अलग कर ना बनने हों घोड़ा का लगा के अपने। ओ क्या और क्या है क्या है घुमा है केकड़ा है अक्टूबर से क्या है अब तो तेरी कहाँ गिर गया कोई नहीं अब ठक्के जाएगा हमारा हीरो साइड साइड साइड बेटा साइड हाँ सब बास गुड गुड एक तो जाओ छोटी जाओ चलान मारो चलांग छलांग मार्बास तो चलो ऊपर चलो ऊपर चलो ऊपर हाँ गुड गुड गुड बॉक्स क्या है यार क्या है बॉक्स में गलत फिर से गलत डब्बा उठाने का था उठा हाँ चलो उठा लिया आज आजू जो किसी ने देखा तो नहीं ना किसी ने नहीं देखा चलो निकलो यहाँ से चल चल चल चल चलो बेटा चलो चलो बेटा चलो लटक, लटक के चलो बेटा चलो यहाँ से गिरी ना हंडी फसली भी नहीं मिले क्या, क्या है क्या इतना सारा विलन सोच सकते हो की फर्स्ट सीरीज है इसके बाद और एक बहुत सारा आने वाला है वीडियो। मेरे वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना नहीं तो इसी तरह से आठ के रख देना। थैंक यू। सॉरी आई एम जस्ट जॉकी। सबको पार्ट है। थोड़ा और फोन का फक्कु करिन आता हूं। ये जीत गया जस्ट जस्ट है। तीन मारा इसकी तो तीन मारे काट के चीर फाड़ के रख देंगे चीर फाड़ मज़ा आ रहा है गेम खेलने में जो भी बोलो यार एक बार मैं खेले अभी तक यहाँ तेरी तो भी सबको काट के रख देंगे ओ कोई बात नहीं ये एक बार मैं निपटा दिया भाई समझ में नहीं काट के दबने नहीं गेम सबको मजा आ रहा है है सरू सरू काट काट काट दिया, सरुखार दिया यार इसमें। के ओह अच्छा उधर जाने का है। चलो तेरी तो तो। स्पाइडरमैन है ओ भाई साहब, एक साथ ना। कोई बात नहीं, सबको सबको काट काट के के के रख देने के रख देने देने का। का। देखो, तीर तुम्हारी चलो से ऊपर चलो। ओ जम। टकले ओ भाई ये तो जलता वाला हुआ है इतना बड़ा को मारना कैसे है यार जाना है लटक के केटक के? के जाना है कोई बात नहीं हमारा हीरो ये भी कर लेगा चलो चलो चलो ऊपर चलो तो हाँ ऊपर ओ तेरी तो नहीं फिर से नहीं यारीरियसली तो मारने में पंद्रह मिनट लग गए थे फिर से नहीं क्या है किधर इधर गलत जगह गलत जगह नहीं उनको नहीं मारना है उन को नहीं मारना है मार भी नहीं सकते से ओ तो, तो रास्ता तोड़ दिया भाई से ने रास्ता तोड़ दिया हम बोल नहीं सकते हैं जियो उनके पारो एक नंबर बॉक्स को खोलते हैं पावर लेते हैं दूसरा बॉक्स भी है हमारा उसमें भी पावर लेते हैं आगे और बढ़ते हैं चलो दीवार को उठाने पड़ता दरवाजा को उठा को। तेरी उठा, उठा। पास। इतना सन्नाटा क्यों है यार कुछ तो बड़ा है दया कुछ तो बड़ा गड़बड़ है घूमना चीचा आ गया भाला लेके ओ तेरी बचा इसको वैसे मारे यार और इसको मार दिया एक ही कोई नहीं मैंने वैसे माफिक दूध पी के अब इसको तलवार पिलाएँगे काट के रखेंगे ओ भाई एक एक करके आओ बहुत टाइम है एक एक करके आओ एक एक करके आओ यार बहुत तो टाइम है अपने पास मार करने के लिए सबको काट देंगे सबको काट के तो वो को पोक को करिए तो सारे सर ही वे यार मार दिया तो छोड़ने का ही नहीं है पे बात आ गया इसको तो छोड़ने ही नहीं है काट के रख देने का घोड़ा का पेड़ अलग कर देना है जा यार सब एक ही साथ ही तो पकड़ा अब तो गया अब तो घोड़ा वाला गया गया तो तो इसको तो तो तो इसको तो तो इसको के रख पीट ओह माय गॉड अंदर का मटेरियल बाहर आ गया है अच्छा ओढ़ ये रख दो सबको लीवर खींचना है नेक्स्ट लेवल और हमारा वीडियो पसंद आए तो इस लाइक कर देना कमेंट कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना चलो इस बेल को खींचते हैं और नेक्स्ट लेवल की ओर बढ़ते हैं नहीं से ऊपर चढ़ा इसके बाद नेक्स्ट लेवल में हम चाहते जाते हैं और हमारा ये आ गया उड़ता हुआ नेक्स्ट लेवल थैंक यू फॉर वॉचिंग सब्सक्राइब कर देना तो बाय